तो गाइज कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोग को बोला था जो आप लोग को एक मैजिक क्यूब फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन गाइज अभी एक नहीं गैज दो बंडल आप लोग को मैजिक क्यूब स्टोर में उस दिन ऐड होगा जिस दिन आप लोग को मैजिक क्यूब फ्री में देखने को मिलेगा और दोनों बंडल भाई साहब बहुत रेयर है बहुत रेयर बंडल आप लोग को मैजिक क्यूब स्टोर में देखने को मिलेगा कब देखने को मिलेगा कौन से डेट को देखने को मिलेगा वो आपका भाई इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताएगा साथ ही गाइज एक न्यू रिडीम कोड आ चुका है वो रिडीम कोड आपका भाई आप लोग को प्रोवाइड करेगा वीडियो में तो वीडियो कंप्लीट देखना और साथ ही गाइज वो रीडिंग कोर्स से आप लोगों को इमोट मिलने वाला है और साथ ही गाइज आपका आप का नहीं गाइज आपके भाई ने कल आप लोग को ये भी बताया था मतलब फोर्थ एनिवर्सरी या कैलेंडर दिखाया था जिसमें आप लोग को बताया था जो कौन सा इवेंट आप लोग को कब देखने को मिलेगा कब आप लोग को सारे आइटम थोड़ी देखने को मिलेंगे लेकिन गाइज वो आइटम नहीं दिखाया था जो वो आइटम कैसा होने वाला है कैसा दिखता है तो वो आपका भाई वीडियो में कम्प्लीट डिटेल में बताएगा जो आपको कौन कौन से आइटम देखने को मिलने वाले हैं और गाइज जो कुछ भी इस वीडियो में दिखाऊँगा सब कुछ फ्री गाइज मतलब सब कुछ फ्री एक भी मतलब एक भी आइटम जो इस वीडियो में आपका वही दिखाएगा वो आपको पैसे से मतलब पैसे यानि डायमंड से नहीं लेने पड़ेगी तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो देख रहे हो तो अभी लाइक कर दो क्योंकि गाइज इस लाइक एम है गाइज टोटल पाँच हज़ार लाइक कंप्लीट करवा देना ज़्यादा है लेकिन कम्प्लीट करवा देना वीडियो भी बहुत खास होने वाली है गाइज तो कम्प्लीट देखना गई वीडियो को और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो गाइज आप लोग को क्या कुछ फ्री देखने को मिलेगा तो पहले कैलेंडर के आइटम दिखा देते हूँ आप लोग को क्या कुछ फ्री देखने को मिलेगा तो ये हमारा कैरेक्टर है गाइज ये आप लोग को जस्ट लॉग इन करने पे बिल्कुल फ्री है मिल जाएगा और गाइज इसकी एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन काफ़ी ओपी है ओ भाई इसका लुक भी गई काफ़ी ओपी है इसकी स्किल भी यहाँ पे आप लोग को लिखी आ रही होगी स्किल भी गाइज इसकी काफ़ी ओपी है और गाइज बात करें हमारे नेक्स्ट आइटम की तो नेक्स्ट आइटम इसका बैट की स्किन है ये गाइज बैट की स्किन... बैट बोल रहा हूँ यार बैग बैग की स्किन बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी और कल मैंने इसको ऐसे ही बैट बोल दिया था ये हमारा कैलेंडर दिखा रहा था ना उसमें मैंने इसको बैट बोल दिया था तो ये बैट नहीं है गाइज़ बैग है और ये सफ बोर्ड भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी ये हमारा पिन भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी और ये मेल का बंडल गाइज ये हमारा मेल का बंडल भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी फोर्थ एनिवर्सरी के मेन इवेंट में आप लोग को जस्ट आपको मिशंस कंप्लीट करने हैं और वो जो इवेंट आ जाएगा ना गेम में उसके बाद आपका भाई आप लोग को ये भी बता देगा जो आप कैसे मिशंस कंप्लीट करके ये बंडल लोगे हालांकि आप लोग समझ जाओगे लेकिन मैं वीडियो बना दूंगा ये पैरासूट ये मोस्टर ट्रक की स्किन भी आप लोग को लीजेंड्री है गाइज ये देखो इसके आगे से लाइट निकलती है ये भी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी साथ ही अवतार ये दोनों अवतार बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी पांडा की स्किन भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी और पांडा की स्किन की बात करें तो कुछ इस तरीके दिखती है गईज और ये पांडा की स्किन काफ़ी ओपी है गाइज और ये देखो डायमंड वार वाउचर मैजिक क्यूब फ्रेगनेंट और मैजिक क्यूब ये सारे आइटम्स आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे गाइज तो काफ़ी ओ पी है मतलब फोर्थ एनिवर्सरी का रिवार्ड है एक तरह से यहाँ पर देख लो गई ये सारा कुछ फ्री में देखने को मिलेगी लेकिन गाइज़ एक और बंडल आप लोग को फ्री देखने को मिलेगी हमारा या ये वाला बंडल लेकिन गाइज ये वाला बंडल आपको उस टाइम नहीं देखने को मिलेगी फोर्थ एनिवर्सरी के टाइम फोर्थ एनिवर्सरी के बाद आप लोग को देखने को मिलेगी गाइज़ ये बेसिकली गाइज एक जंगल का कोई इवेंट आने आएगा हमारे फ्री फायर में उसमें आप लोग को सात दिनों के लॉगिन पे ये बंडल देखने को मिलेगी और इसके साथ आप लोग को एक जंगल वाला पैरासूट की स्किन बैग की स्कीन ये सब भी देखने को मिलेगी साथ ही साथ मतलब पूरा पैक आप लोग को देखने को मिलेगी और जो जब उस टाइम इवेंट आएगा गाइस तो आपका भाई आप लोग को समझा देगा जो आपको वो इवेंट कैसे कंप्लीट करना है क्या करना है आपको कैसे आप लोग को ये बंडल मिल सकता है वैसे है, जो जब भी आएगा आपका भाई दिखा देगा लेकिन जैसे भी आई ये बंडल आप लोग को फ्री देखने को मिलेगा और एक्यूरेट टाइम एक accurate time, accurate नहीं, मतलब ज, ज, जैसे मैं गेस्ट करके बता रहा हूँ इसका टाइम कब होने वाला है कब आए, आएगा तो भाई हमारा ये फोर्थ एनिवर्सरी अट्ठाईस अगस्त को खत्म हो जाएगा पर एक दो दिन तक चलता है आप लोग को पता ही है मतलब टोटल ये मान के चलो जो दो सेप्टेम्बर तक हमारा फोर्थ एनिवर्सरी पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा चार सितंबर से आ सकता है गाइज दो सितंबर ही बोला ना मैंने अच्छा चार, चार सितंबर से, से ये हमारा आ सकता है गाइज तो काफ़ी ओपी इवेंट है गाइज़ ये भी और गईस एक और बात आप लोग से बतानी जो गईज पंद्रह अगस्त को आप लोग को चार चार रिडीम कोड देखने को मिलने वाला है ई मोट प्लस आ, बहुत सारे आइटम अवतार बैनर सेकेंट ऑफ ई फिर से बीस टोकन जिससे आप एक वो हमारा इंडियन क्रिकेट वाला टीम का बंडल ले सकते हो तो कुछ नहीं करना आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो बस हो गया गाइज आपका भाई आप लोग को प्रोवाइड कर देगा और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये सारे रिडीम कोड गईज आपके पाँच ये पंद्रह पंद्रह मिनट के लिए वैलिड होंगे और अलग अलग टाइम आएंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेनी है जैसे रिडीम कोड आएगा आपका भाई आप लोग को प्रोवाइड कर देगा अब बात करते हैं मैजिक क्यूब आप लोग को कब देखने को मिलेगी तो मैजिक क्यूब आप लोग को 28 अगस्त को देखने को मिलेगी और गैस लीक और डेटा माइनर का कहना है जो आप लोग को मैजिक क्यूब में कौन सा बंडल देखने को मिलेगा पता है आर्टिक ब्लू और जैसा कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक शॉक आप लोग को देखने को भी मिलेगा मतलब इलेक्ट्रिक शॉक का आप हंड्रेड परसेंट रखो जो मैजिक क्यूब अगर अपडेट होता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक बंडल देखने को मिलेगा लेकिन जो आर्टिक ब्लू बंडल आएगा उसका 50 50 परसेंट चांस लेके रखो जो आर्टिक ब्लू बंडल आएगा या फिर इंडियन सर्वर के साथ गरीना हमेशा स्कैम करती है तो इंडियन सर्वर के साथ कुछ और बंडल भी दे सकती है वो गरीना के ऊपर गरीना कुछ भी दे सकती है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट जरूर बताना और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाई और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन याद से ऑल पे कर लेना 15 अगस्त को बहुत सारे एक्साइटिंग रिड्यूम कोड आने वाले हैं और कमेंट में जब बताना लाइव आकर रिड्यूम कोड दूंगा या फिर वीडियो बना के कोड दूंगा तुम लोग तो कमेंट किया करो ये कमेंट में बता दिया बता देना मेरे को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो तक के लिए बब बाय